अब आजकल हमारे माशरे में भी बहुत ज्यादा हम देखते हैं तो एक मोटिवेशनल स्पीकर का बहुत रुझान चल रहा है ठीक है बहुत सारे लोग जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहते भी हैं और उसको साबित करने की कोशिश भी करते हैं हमारे इर्द गिर्द अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है थोड़ा बहुत जो जानते हैं वो इस मामले में काम करते हैं अच्छा अब बात यह है कि इस्लाम आ, में मोटिवेशनल स्पीकर के क्या पैरामीटर्स हैं या उसका क्या रोल है करेक्टर क्या है और हम इस सब को कंबाइन करके अगर देखें तो मौजूदा सूरत हाल में इस्लामिक प्रॉस्पेक्टिस क्या है इस सिलसिले में आ, जो मोटिवेशन इस्लाम हमें कंसेप्ट देता है हमारी सारी मोटिवेशन की बेस आखरा होनी चाहिए हमारा हर एक्ट इस ज़मीन पे जो कुछ भी हो रहा है मोटिवेशन ये कि आखिरत में हिसाब होना है और अच्छे काम करने पे जन्नत मिलेगी और गलत काम किए तो दो में जाएंगे इस्लाम का तो सारा ट्रिगर हो रही है साइकोलॉजी आख़रत के साथ लेकिन अफसोस के साथ, के साथ कहना पड़ रहा है हमारे जो नासमझ भाई है मोटिवेशनल स्पीकर पाकिस्तान में टॉप लेवल के जितने भी है मेन स्ट्रीम मोटिवेशनल स्पीकर इन लोगों ने आखरत को बिल्कुल ही माइनस कर दिया दुनिया दुनिया दुनिया पैसा पैसा पैसा दुनियावी कामयाबी इज्तमियत के कंसेप्ट को स्पीज करके इंफ्रादियत पे ले आया मैं मैं मैं मैं बड़ी चीज हूं और सब कुछ मुमकिन है वगैरह वगैरह जैसी गैर ख्याली बातें कि जो चाहते हैं वो मिलेगा और इस्लामी आयात या कंसेप्ट को भी तोड़ मोड़ोड़ पेश करते हैं लाइक एक सूर्य नजम की आयत नंबर उनतालीस है इंसान के लिए वही कुछ है जो जिसके लिए वो कोशिश करता है जबकि इस आयत का आखिरत के हवाले से बात हो रही थी कि हमारे अमाल पर मिलनी है आखिरत में जजा सजा और आखिरत में जिसने जो अमल यहाँ किया होगा उसको उसकी बेस पे ही वहाँ हिसाब किताब होना है जबकि हम कॉमन सेंस से भी देख लेना इस आयत का मफूम क्या इस दुनियावी मामला में इंप्लीमेंट इतला होता है या नहीं होता सिंपल सी बात है बहुत से लोग जो अमीरों के घर पैदा होते हैं उनकी तो मेहनत ही नहीं है वो पैदाइशी अमीर होते हैं या विरासत का कानून ले लें तो यहाँ पे ये आयत कैसे इतलाक होती है तो आयत अपनी बात को मनवाने के लिए कुरान के अंदर कुरानी आ, जो आयत है उसमें तारीफ करने से भी ये बाज नहीं आते जबकि कुरान की इसी आयत की पिछली आयत को देखें और आगे, आगे वाली आयत को मिला के देखें पूरा कंसेप्ट आयात से ही इसमें कोई फिर वारियत नहीं है कि तफसरों की पचास किताबें खोलनी पड़ जाएँ उन आयात का आप सिक्वेंस देखें उसमें आखिरत की बात हो रही है दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर से मुझे इश्यू ये है ये नामुकम्मल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं अः दुनियावी कामयाबी और वो भी ऐसे जैसे स्मार्टफोन पे एक क्लिक करो मिल जाती है हारना सिखाते नहीं है ना हारने का उस तरीके से बताते हैं बस जो चाहो मिल जाएगा जबकि ये टोटली इस्लाम इसकी नपी करता है ये दुनिया अः आजमाइश का घर है यहाँ पे आपकी मेहनतें जाया भी होनी है कभी कभी आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे आपको बिल्कुल कुछ नहीं मिलना और कभी कभी आप कुछ नहीं करोगे मिल जाता है किस्मत का भी कॉन्सेप्ट है गुड लक का भी कॉन्सेप्ट है उसके अलावा ये हमारे रोल मॉडल्स रस्मी तौर पे इस्लाम की थोड़ी सी तो बात कर जाएंगे या वो सुना जाएंगे हमारे लिए बेहतरीन उस है उसना आप सल्म है ऐसी लाइन बोलेंगे सा, सा, साथ ही स्मार्ट बन जाएंगे साथ ही अगली मिसाल लीडरशिप के हवाले से है जी मैक्स की मिसाल दे दी कभी एंथनी रॉबिन की मिसाल दे दी कभी मैनेजमेंट कोई नमूना पेश किया ना सबक राम इतने सारे थे उनकी जिंदगी से कोई नमूना पेश किया ये इस्लामी रियासती थी जो मुख्त बड़े आजमों तक फैल चुकी थी तो इन्हें क्या नहीं लगता कि इतने मुस्लिम जो हमारे आईएम अदवार जितने भी उनमें मुस्लिम्स के जो रोल थे और सही यकीनी और बड़ी कामयाबी में उनका जो रोल था उनको तो हीरो बना के पेश किया ही नहीं जा रहा और हमारी साइकोलॉजी इन्होंने करप्ट कर दी है हमें इन्होंने लिंक कर दिया दिए सबकॉन्शियसली आज के दौर के हर वो शख्स जो माली तौर पर अमीर तरीन हो उसको आइडियलाइज करवाते हैं उसके साथ जोड़ते हैं फिर उसकी एक चीज कामयाबी दिखा रही होती है जबकि पचास और चीजों में वो नाकाम भी है बैक वक्त तो वो नहीं दिखाएंगे प्लस फिर इसका एक साइकोलॉजी में एक इफेक्ट चलता है जब आपके लिए रोल मॉडल या हीरो इस तरह के लोग दुनिया प्रस्त नफप्रस्तों को बना लिया जाता है जो इंडिविजुअलि individual, इंडिविजुअलिज्म को हाईलाइट इतना किया जाता है तो उसके बाद हम सबकॉन्शियसली खुद ब उसकी बाकी गंदी आदात भी अपना शुरू कर देते हैं तभी आपने देखा होगा लोग दिन बेजार होना शुरू हो गए क्योंकि ये सारी जो आज की कामयाब तरीन लोगों की लिस्ट है जो ये पेश करते हैं एज ए रोल मॉडल इनमें मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो एथियस टाइप है जो जिनकी जिंदगियों में अल्लाह का कोई कंसेप्ट ही नहीं है अल्लाह ना इसका और अल्लाह की यूनिवर्स का इससे ज्यादा इनका लफ्ज नहीं जाता हर चीज़ है यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रही है यूनिवर्स ये कर रही है वो कर रही है तो ये अल्लाह माइनस कर दिया दिल में इनके बोज है या मर्ज है अल्लाह की बजाय यूनिवर्स का लफ्ज यूज़ करते हैं कि लाफ चल पड़ता है आप कायनात का, में जो कहते हैं जमीन भी प्लेनेट भी का पत्थर है ना मुख्तलि दाते पूरी यूनिवर्स उसमें वो किन चीजों का है सितारे से वगैरह उसी चीज का तो मैं तो इसको बुद्ध परस्ती से रिजेंबल्स समझ रहा हूँ जदीद दौर की बुद्ध परस्ती है पहले दौर में लोग बुतों की उस तरीके से पूजा करते थे आजकल के दौर में ये लाफ अट्रैक्शन के नाम पे उल्लू बना रहे होते हैं और यूनिवर्स तुम्हारे लिए हेल्प करेगी यूनिवर्स ये करेगी वो करेगी यूनिवर्स मीन के एक बुत बना दिया गया अल्लाह को माइनस करके यूनिवर्स के नाम पे आपको ला रहे होते यूनिवर्स तो खुद एक बे, बेजान चीज है अल्लाह ही है कार कारमा वो डायरेक्ट करे या इस यूनिवर्स के अंदर असबाब मुहैया करे जिसके जिस जिनके फार्मूलों से वो नतज निकलते हैं जो आप हासिल करना चाहते हो तो इस पे मेरे मेरे नज़र से देखें मैं नेगेटिव नहीं और मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारी साइकोलॉजी करप्ट कर है, मुस्लिम यूथ की और पूरी उम्मत मुस्लिम की आप हमारे रोल मॉडल देखें जी Okay. जो आता आप कर रहे हो एक तो चीज़ यह है कि इंसानी नफ्सात के मुताबिक उसको मोटिवेशन की जरूरत हमेशा रहती है ठीक है बचपन के पहले कदम से लेके ठीक है उसकी मौत तक हर काम के लिए उसको जब एक मेहमीज मिलती है या मोटिवेशन मिलती है तो वो काम बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से कर पाता है एक चीज तो ये हो गई कि, कि हम लोग इस चीज पे बहरहाल हमें समझ आनी चाहिए कि मोटिवेशन का रोल बहुत ज्यादा है और अगर हम इस्लाम के रेफरेंस इस्लाम अल्टरनेटिव देता है इसका और परफेक्ट देता है मोटिवेशन में ये लोग खुद ही पे ले जाते हैं मैं मैं मैं मैं, मैं। जबकि इस्लाम फेथ का कॉन्सेप्ट पूरा दे रहा है फेथ रखो फेथ से होने हैं सारे काम अल्लाह है ना अल्लाह से दुआ करो दुआ का कंसेप्ट ही खत्म हो गया है अल्लाह uh, पे यकीन के हवाले से खत्म हो, हो ही नहीं सकता या कौम को या मुसलमानों को गुमराह करें ये आ, मैं इनको नहीं जस्टिफाई कर सकता की फेथ के कन्सेप्ट को इन्होंने बुनियादी हमारे को हिला के रख दिया है नहीं आपकी बात जो है वो किसी हद तक थी मैं समझता हूँ ठीक है देखिए मोटिवेशन की जरूरत पे तो आप एग्री हैं कि हमें मोटिवेशन की जरूरत है और इस्लाम भी हमें बार बार कुरान में जहाँ पे अच्छे आपके अमाल के बदले उसका अच्छा बदल या जन्नत का वादा है या उन नेमतों का वादा है जो अल्लाह ताला इस दुनिया में और आखिरत में देते हैं वो बेसिकली मोटिवेशन ही होती है आपको नए के लिए ठीक है मोटिवेशन के आप तरीके होते हैं आप तहरीर के जरिए देते हो आप गुफ्तु के जरिए देते हो कुछ लोग अमल के जरिए दूसरे को मोटिवेट करते हैं ठीक हो गया अब हम बात करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है, मैं, मैं इसी आदा आदा तो हवाले से बात कर रहा था कि मोटिवेशन के आपने मुझसे सवाल किया मोटिवेशनल स्पीकर्स का रोल क्या है मैंने मौजूदा मोटिवेशनल स्पीकर्स के रोल पे किए असूली तौर पे हम दोनों एक पेज पे हैं मोटिवेशन से मैं नफी नहीं कर रहा मैंने शुरू में बोला की ये नामुकम्मल पैगाम दे रहे हैं मुस्लिम आइडियालॉजी खुद को मुसलमान शो करते हैं और हमें दीन बेजार बनाते जा रहे हैं मुझे मसला इनसे ये है के दीन के नाम पे मुसलमान खुद को शो करके दो रस्मी बातें करके हमें हमारी साइकोलॉजी और फिलोसफी को ये करप्ट करते जा रहे हैं और इनके जो भी फॉलो करते रहे हैं इनसे छह महीने साल या दो साल अटैचमेंट रख के या इनकी दस बीस किताबें पढ़ के उनमें से मैक्सिमम का फेलियर रेशो आप निकाले ना आप हैरान हो जाए और उसके बाद सुसाइड रेशो भी निकालें इन पे रिसर्चेज और सर्वेज आ चुके हैं ये कैसे हमारे अंदर दो केमिकल्स होते हैं ट्रिगर करवाते हैं वक्ती इमोशनल बातें करके जिससे वक्ति तो बंदा शूट अप हो जाता है उसके बाद मोटिवेशन आप इंसान अपने दम पे कभी मोटिवेशन बरकरार नहीं रख सकता मेरा यही है नामुमकिन नहीं है अल्लाह होगा, अल्ला अल्ला होगा तो सब कुछ मुमकिन है अगर ये बेसिस है तो इस बेस पे आप मोटिवेट कर रहे हो परफेक्ट हंड्रेड परसेंट मैं उस, आपके साथ हूं अगर आप ये माइनस करके कह रहे हो तो अल्लाह ने इस कायनात का स्ट्रक्चर और इंसान का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया नहीं हमारी बॉडी के अंदर ये इक्वेशन बैठती नहीं है ना हमारे अंदर डिस्टर्बेंस हम नहीं कर पाते दो के सवार हो जाते हैं किसी और कश्ती की तरफ बिठा देते हैं दो अपोजिट कश्तियों के सवार बनाते हैं हाँ नहीं बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक तो देखिये आपका हर अमल जो है वो आखिरत के लिए है ठीक है ये दुनिया जो है बुनियादी तौर पर इम्ते और यहाँ पे आपने अमल करने हैं जिनका फल आपने अगली जिंदगी में लेना है एक चीज तो ये हो गई दूसरी बात ये कि मोटिवेशनल स्पीकर के, के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पे फेथ जो है वो आ, आ, जो है हमें तालीम के जरिए मिलता है या हमारी तरबियत के जरिए मिलता है जिसका एक अलहदा बिल्कुल डिबेटेबल बात है कि हम उस उसमें किस लेवल पे है किसी दिन इस पे भी बात करेंगे इनशाला तला अच्छा अभी वो तो मौजूदा इसमें आपकी बात ठीक है की हमारे मैक्मम जो मोटिवेशनल स्पीकरी में है वो एक मखसूस तबका फिकर से तल रखते हैं आ, मतलब इस्लाम का नाम तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल इस्लाम की तरफ नहीं जाते ठीक है अब हम बुनियादी तौर पर चूंकि आज एक छोटा सेशन हम कर रहे हैं तो इन, इनको इस्लाम इनको फासद तभी कहता है फासद वो होता है जो मानता तो वह अमल नहीं करता तो खतरनाक वहीदे हैं खुद सारे अक्लम नजरात किताबें खोले और फासद कौन होता है उसके हवाले से क्या वहीदे हैं लम्हे फिक्रिया है ये इन्हें गौर करना चाहिए इस बात पे कलमा तो पढ़ लिया ये मुनाफ्त है ना फिर अमल नहीं कर रहे अल्लाह के असूलों के मुताबिक सही बिल्कुल ठीक इसका मतलब ये है कि आप असल में ये कहना चाह रहे हैं कि जो आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर है वो अपनी दुकानदारी ज्यादा चला रहे हैं उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि इसके रिजल्ट्स क्या मिलते हैं या वो अगर लाखों करोड़ों से भी मुहािब होते हैं तो उनमें से कितने कामयाब हैं या कितने कितने उसमें फेल हो जाते हैं या कितने जो है वो दीन से बेजार हो जाते हैं इसी सिलसिले में अब ये कहना चाह रहे हैं जी और दूसरी चीज अगर मैं दीन को साइड भी कर साइड पे भी कर दू ह्यूमन साइकोलॉजी या बेसिक कॉमन सेंस की तकाजे ना उन पे भी इनकी आइडियोलॉजी फिलासफी बैठती नहीं है अगर आप दीन से हटके भी देखो ये जो बेच रहे हैं मार्केट क्योंकि ये एक पेशा बन चुका है और पेशा और फैशनेबल पेशा बन चुका है आजकल हर कोई जबरदस्ती अपने नाम के साथ ना पहले कुछ और अलकाबात अल लगाया करते थे स्पेशल ब्रैकेट में स्लैश मोटिवेशन स्पीकर भी लिख रहे हैं क्योंकि आजकल फैशन बना हुआ है तो बस अब जो भी बेची बिक रहा है जो बिकता है जिसकी डिमांड है डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे एज अ बिजनेस इस चीज को डील कर रहे हैं यानी या मेरे नज़दीक ये लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं इन्हें इतने इसके खतरनाक अंजाम है जो लोगों की जिंदगी के साथ खेलने की होती है इन्हें उसका एहसास नहीं है बिल्कुल बेहस्क लोग है चले अब आखिरी में आप सिर्फ अब मैं कहूंगा कि आप वो बात बताएं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स में होनी चाहिए या जो हमारे इस वक्त के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं अगर उन तक ये पैगाम तो उनको अपने अंदर क्या तब्दीली लानी चाहिए वो वो तो तब्दीली वो कभी नहीं लाएंगे क्योंकि उनकी दुकाने बंद हो जानी है क्योंकि हमने, हमने, हमने सिर्फ पैगाम पहुँचाना है उन तक ठीक है ना पैगाम मैंने शुरू में ही जो पहली बात की थी उसमें वही मैसेज अब भी कहूंगा कि हर चीज को आखरत से आप रिवर्स इंजीनियर किया करें बहसीयत मुसलमान आप लोगों ने वो नॉन बिलीवर्स की फिलॉसफी पकड़ी हुई है और जो कि लॉजिकली या फिलोस उसके फलसफे को भी देखें गैर जानबदार हो के वो तब भी नामुकम्मल है कुरान पाक एक ऐसी कम्प्लीट बुक है हर मुसलमान ये कुरने पाक के एक किताब मुझातीब ये सिर्फ जस्ट एक किताब नहीं है ये आप पढ़ना शुरू करें ना और खुद से पढ़ना शुरू करें ये आपके अंदर फेथ और फेथ वाली मोटिवेशन इतनी हायर लेवल पे ले जाती है ना कि आप पूरी कायनात के सामने अकेले खड़े होकर टक्कर ले सकते हो इसके अंदर एक ऐसी पावर है रूहानी पावर आपको जरूरत ही नहीं पड़ती लेकिन कुरान की तरफ ये जोड़ेंगे तब नहीं इनकी दुकानें बंद होंगी अस, असल चीज़ तो है मुसलमान को मोटि मुसलमान को कब जरूरत आ गई मोमिन तो कभी मायूस हो ही नहीं सकता इस्लाम में तो मायूसी कुपर है मोटिवेशन उनको जरूरत है जिनकी बार बार डिमोटिवेट हो रहे हो गुनाहों से जिंदगियां बढ़ रही हों कर करके मींस के, के शैतानी वसवसों का ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स हो रहे हो एक अमली मुसलमान को कभी डिमोटिवेशन हो, हो ही नहीं सकती एक मुसलमान मोमिन मोमिन रह ही नहीं सकता अगर वो डी हो उसकी सारी रेफरेंसिंग अल्लाह के साथ अल्लाह दोबारा तो हिसाब लेगा जबकि नहीं वो एक, एक, एक, एक मामले में भी, आ, न, है, और हर चीज की मैट्रिक्स जो है उसको आप दुआ करते हो चेंज करते हैं मैट्रिक आप हालात चेंज करने के लिए अगर कोई मेहनत करते हो कोई एक्ट करते हो दुआ के साथ और फेत के साथ चीजें चेंज होना शुरू हो जाती है तो अल्लाह का तस्वर मशक जो इन्होंने किया है अदया बेसिक ठीक हो अल्लाह का तस्वर कि अल्लाह वाक है क्या अल्लाह अगर रब है रब उर्दू वाला नहीं अरबी में रब ये आप पढ़ना शुरू करें ना पूरी किताब जितना उसकी डेफिनेशन निकलेगी इतना गहरा फलसफा और तस्वर है रब रब कौन होता है रब तो भैया क्यूम कौन होता है ये कंसेप्ट और बेसिक चीजें ठीक होंगी तो इनको असल में चाहिए मोटिवेशनल स्पीकर्स को ये काम छोड़ें पहले अपना अकीदा अपनी असलाह करें अपनी तरबियत करें कुरान पाक को कम से कम एक बार खुद से पढ़ें जरूर ये सारी हरकतें इनके जो हैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा यूट्यूब खोल के लिखे मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोस निकालें कुरान साथ हर कोई हाथ में पकड़े और खुद ही एक आम बंदा कॉमन सेंस से डिटेक्ट कर लेगा कि कुरान पाक ने जो फलसफा दिया है जो कि अमली फलसफा है उस उसमें उस कितनी कामलीत है जामियत है और इनकी दो रुपए की बातों की क्या वक्त है वो आटोमेटिकली कुरान एक ऐसा है वो कह लें जो हक वातल की तफरीक करता जाता है तो आप जो कह रहे हैं ना कि मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए क्या मैं तो यही चाहूंगा कि अल्लाह इनको हदायत इनकी इसलाह करे इनको खुद इसलाह की जरूरत है ये अपनी फेम के चक्कर में खुद तो है और को भी गुमराह कर रहे हैं पूरी यूथ ही नकारा पिछले सालों में देखें पिछले दस साल पहले क्या था इनका स्टेटस पिछले पाँच सालों में क्या था आज क्या इनकी हैसियत होगी वक्त के साथ साथ क्योंकि लोगों ने 10 सालों में जो इनके अंदर इन्होंने डाले फलसफे नफसियात में उनको अमली जिंदगियों में लाए उसके बाद जो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं आउटकम वो नहीं निकली अमली तौर पे भी इससे इनसे बदल हो चुके हैं क्योंकि सक्सेस रेशो ना होने के बराबर है और हर वो शख्स जो बेअमल है प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं गुजरा उसने जिंदगी की जंगे खुद नहीं लड़ी हुई वो चार किताबें पढ़ के ना गैरों की अंग्रेजों की पे मोटिवेशनल स्पीकर बना पड़े, तभी इनकी बातों में दम नहीं होता दि, दिल से बात तो अगले को असर हो आप ये से करने जो 40 मिनट या एक घंटे से बाद सारा वो असर गायब हुआ होता है तो जबकि असली मोटिवेशन तो वो होती है साहबा को कैसे ट्रेन किया था मक्की दौर देखें और वो किस लेवल तक ईमान बढ़ा उनका फिर उसके बाद के आ, के बाद जो ये ख, आ, सल्तनत फैली पूरी दुनिया में तकलीफ तक्रीव, तकरीबन हैबिटेबल अर्थ का 85 फाइव परसेंट हजरत उमर ने कवर कर लिया था हैबिटेबल जहाँ पे इंसानों की आबादी थी आलमोस्ट पूरा ही कह लें तो वो कौन सी मोटिवेशन थी जो खत्म भी नहीं हो रही जहाँ जा रहे हैं जमीनों आसमान हर चीज़ तस्खीर होती जा रही है तो ये फर्क है इन दोनों चीज़ों में असल में हमने, हमने अपने मुस्लिम हीरोज को उस तरीके से पेश करने की बजाय इनको नी या बैकवर्ड किस्म का शो करना शुरू कर दिया इनके हवाले से हमारी इन्होंने खत्म कर दी है तो हमें रेफरेंस हाई लेवल के मॉरल ग्राउंड पे जो लोग खड़े हैं जैसे साबक राम या आपसे वहां से अगर हम ले रहे हो ना अपने इंस्पिरेशंस और वो तो हमारी मोटिवेशन और कुरने पाक को खुद पढ़ के अमल कर रहे हो तो हमारी मोटिवेशन का ग्राफ आप देखें कहाँ जाएगा बिल्कुल ठीक